देशे ग्रमें गृह युद्ध सेवायाँ व्यवहार के नाम राशि प्रधानमं जन्म राशि न चिंत विवाहे मंगल्ये यात्रायाँ गृह घोषणे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 आपको वार हमने बता ही दिया कि शुक्रवार का दिन रहेगा आ, राहु काल की बात कर लेते हैं राहु काल सुबह दस बजकर 27 मिनट से 11 बजकर 55 मिनट तक की रहेगा इस दौरान आप लोग किसी भी शुभ कार्यों को नहीं करिएगा शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो दोपहर 1 बजकर बावन मिनट से लेकर के 2 बजकर उनतालीस मिनट तक की आप लोग कर सकते हैं ये जो समय रहेगा ये विजय मुहूर्त रह रहेगा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 आज आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी तो आज देखिए आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा लोग आज आपसे काफी प्रभावित रहेंगे कुछ नए लोगों से आज, आज आपको शुभ काम में मदद मिलती हुई नजर आ रही है आज आप जो भी काम करेंगे आपके काम की तारीफ चारों ओर होगी सरकारी क्षेत्र में है उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे आज, आज आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स नजर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपके उच्चाधिकारी आपको नए काम की जिम्मेदारी भी दे सकते हैं जिसे पूरा करने के लिए आज, आज आप जान से जुट जाएंगे क्योंकि नवरात्र का दिन चल रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि कन्याओं का पैर छू के आशीर्वाद लीजिए कन्याओं को कुछ मीठा जरूर दीजिए और दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का आज, आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आज आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा वृषभ राश के जात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 आपका आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर रहेगा खास करके मिथुन राशि के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए आज कहीं विदेश जाने का मौका भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है भाई बहनों का पूरा जो है सहयोग मिलेगा उधार किसी को आज नहीं देना है सोच विचार लीजिएगा और आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे उच्चाधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन जरूरतमंद लोगों को दूध का दान आप लोग जरूर करिए और दुर्गा सप्तशती का सिद्ध पुंजी का स्त्रोत पढ़िए माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी शुभ पल रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम कर्क राशि तो आज आपका दिन बहुत ठीक रहेगा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे जिससे नए कामों की योजनाएं बनाएंगे बुजुर्गों की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज किसी से तू तू मय में मत करिएगा अन्यथा आपका किसी से झगड़ा हो सकता है किसी काम में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आज आपको करनी पड़ सकती है करिएगा कारोबार में सतर्क रहने से आज आपको लाभ होगा आज आपके पार्टनर आपको चीट करते हुए नजर आएंगे तो इससे आपको बचना रहेगा वहां सावधानी पूर्वक चलाइएगा बाकी कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को आप लोगों को रोटी में थोड़ा सा चावल डाल करके जरूर खिलाना रहेगा शुभ फलों की प्राप्ति होगी दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का पाठ सभी फलों में वृद्धि कराएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा सिंह राशि आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा सामान्य रहेगा धन लाभ के तमाम मौके आज आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपका रुझान राजनीतिक कार्यों की तरफ ज्यादा होगा राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप सक्रिय हैं तो आपको कोई सफलता प्राप्त हो सकती है आज आपको मन ही मन कोई बात परेशान कर सकती है चिंता में आज आप रहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी आसान से काम के लिए भी आज आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है सिंह राशि के जात अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा चौकन्ना रहने वाला आपके लिए दिन रहेगा परिणाम आपके मनोनुकूल नहीं मिलेंगे आज के दिन आपके पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे आज वाहन सावधानी पूर्वक आपको चलाना रहेगा बाकी जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे कोशिश कीजिएगा कि माँ दुर्गा जी को आपको दो फूलदार लौंग अर्पित करना रहेगा और दुर्गा सप्तती के अध्याय का आपको पाठ करना रहेगा आपके सभी काम बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा कन्या राशि तो शानदार जानदार दिन रहने वाला है आज आप किसी काम में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे मन आज आपका प्रसन्न रहेगा आज हर कोई आपकी बातों को बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा ध्यान से सुनेगा आज आपके काम की प्रशंसा आपके ऑफिस में होगी आपके सीनियर्स का सहयोग आपको प्राप्त होगा व्यापार में धन लाभ का योग बन रहा है आपके प्रेम संबंधों में मजबूती और मिठास आएगी आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि की अपने पिता का दिल उनसे मत दुखाइएगा उसे टूटू मैं मत करिएगा और दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ करिए किसी कन्या के पैर छू करके आज आपको आशीर्वाद लेना है और हो सके तो आज आप लोग अपने छत पर कुछ अनाज जरूर डाल दीजिए पक्षियों के लिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा, ये रहेगा सार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पक्षियों दिशा तुला राशि तुला राशि के जात को दिल रहने वाला है आज का पारिवारिक कामों को आज आप पूरा करने के लिए घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा आज आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना है किसी से बहस करने से बचना है धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ ही अपनी बात को किसी के सामने यदि रखेंगे तभी आज आपको फायदा होगा आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक अर्थात दो रहेगी कुछ कामों को लेकर आज आपका आलस्य बढ़ सकता है आज के दिन कोशिश कीजिएगा किसी को उधार मत दीजिएगा आज पड़ोसियों से बात विवाद मत करिएगा से कुछ आज आपकी बहस हो सकती है। करना क्या है तो को, कोशिश कीजिएगा कि आज ललता साइंस नाम का आप लोग पाठ करिए और पुरुष सूक्त का पाठ करिए सब कुछ अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छे शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा वही वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहेगा आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी आज परिवार में सुखद वातावरण का माहौल रहेगा दांपत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा इस राशि के जो जातक हैं कला से खास करके यदि जुड़े हैं वृश्चिक राशि के तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आज आपके कला की तारीफ होगी आपके काम का की तारीफ होगी उच्चाधिकारियों से आज आपको मदद मिलेगी आज आपके माता पिता आप जो कहेंगे वो बातें मानेंगे किसी नए प्रेम संबंध की आज शुरुआत हो सकती है अविवाहित लोगों को आज कोई विवाह का रिश्ता भी, भी मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन श्री का लक्ष्मी जी का बीज मंत्र श्रीमंत। इसका मानसिक रूप से कम से कम दो से तीन माला आप लोग जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा शनि देवी और धनुराशि तो आज आपका दिन उत्तम रहेगा ऑफिस में आज आपके कामकाज की तारीफ होगी आज आपके कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी किसी काम में मित्रों से सलाह लेना हित कर रहेगा आज आपके अंदाज से कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हुए जो है नजर आएंगे खुशी के तमाम अच्छे मौके मिलेंगे आज किसी उच्च पद वाले व्यक्ति से आज, आज आपको मदद मिल सकती है आज के दिन भाई बहन के साथ मंदिर में कुछ समय आप लोग व्यतीत करिए तो मन आपका खुशियों से भरा रहेगा धर्म स्थान पर आज नारियल का आपको दान करना रहेगा और दुर्गा सप्तती के पंचम अध्याय का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा कैप्रिकॉन तो कैप्रिकॉन वालों मकर राशि वालों आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा किसी काम के लिए आज भागमदौड़ी करनी पड़ सकती है प्रातःकाल से यात्राओं के योग है ऑफिस में पर्सनल बात किसी से, से शेयर करने से बचिए आज काम का कुछ बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है आज किसी व्यक्ति से आज, आज आपका विवाद हो सकता है किसी को कर्ज देने का यदि मूड हो तो फिलहाल उसे टाल दीजिए मकर राशि के जात को लवमेट आज किसी अच्छी जगह पर घूमने का आप लोग प्लान कर सकते हैं जा सकते हैं नए रिश्तों की शुरुआत होगी करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन गाय को आप लोग चावल जरूर खिलाइए या आटा आप लोग जरूर खिलाइए और यदि गाय मरकही ना हो मारने वाली ना हो तो उसका पैर छुकर के आशीर्वाद लीजिए दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का पाठ आपके लिए सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा कुंभ राशि के जातको तो आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा शाम तक कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा घर परिवार में कोई नए मेहमान का आगमन हो सकता है कोई नया वाहन इत्यादि आज आप परचेस करते हुए नजर आएंगे सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा आज आपका मौज मस्ती और मनोरंजन की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा जीवन साथी की इच्छा पूरी करने में आज आप कामयाब रहेंगे आज आप कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट उनको देते हुए नजर आएंगे आज कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैसेट भी आप परचेस कर सकते हैं करना क्या रहेगा शिवलिंग पर आज आपको कच्चा दूध अर्पित करना रहेगा रुद्राष्टक के पाठ से नमामि शमी शाम निर्वाह रूपम के पाठ से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा अंतिम राशि पर आगे बढ़े तो भाई साहब आप लोग लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बनी जो घंटी है इसको भी बजाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को जो है आप लोग लाइक करके शेयर जमकर करिए इस वीडियो को और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 18 और उन्नीस अक्टूबर दिल्ली में हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मीन राशि के जात आज आपका दिन बढ़िया रहेगा किसी पुराने मित्र से मिलने उनके घर आज आप जा सकते हैं जो आपकी निजी समस्याओं को दूर करने में मददगार सिद्ध होंगे आज पहले किसी रिश्तेदार से यदि लुबन हुई है तो आज रिश्तों में सुधार लाने के लिए दिन अच्छा शाम को घरेलू सामान खरीदने के लिए आप मार्केट जा सकते हैं, खास करके जो महिलाएं हैं मीन राशि की हैं और कॉस्मेटिक चीजों से रिलेटेड वर्क करती हैं तो इनके लिए आज बहुत ज्यादा लाभ का दिन है आपकी लॉन्ड्री है कॉस्मेटिक से चीजें रिलेटेड है केमिकल चीजों से रिलेटेड है मतलब खुश हो जाइए आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन पुरुष सुक्त का आप लोग पाठ करिए और कनक धरा स्त्रोत का पाठ करिए लक्ष्मी की कृपा लक्ष्मी की आवक आपके घर में बनी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा तो ये तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दर्शकों अट्ठारह और उन्नीस अक्टूबर को दिल्ली में मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं सभी राशियों का दीपावली से रिलेटेड हमने वीडियो अपने चैनल पर अक्टूबर माह का डाला हुआ है आप लोग जा करके देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय मह लक्ष्मी